वेलकम बैक रिपेयरिंग कंटिन्यू 007. जैसा आपने थमनेल में देखा है Mi Note 7 Pro hang on logo. बनाने का सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ पहले इस फ़ोन को ऑलरेडी मैंने खोल लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो छोटी से छोटी वीडियो बने और जल्दी काम हो जाए अभी मैं इसमें चार्जर लगाता हूँ ऑन करने के बाद भी ये रेडमी लोगों पर ही रहने वाला है फ़ोन ऑन नहीं होगा ओके अभी इस फ़ोन को हम खोल लेते हैं डिस्प्ले कनेक्टर इससे बाहर निकाल लेते हैं इन सबको बाहर निकाल कर ये बैटरी के ऊपर छोटा सा टेप रहता है उसको रिमूव करना है जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह कर सकते हो मैंने तो ब्लेड और ट्यूज़र से कर लिया है उसको ओपन कर लेते हैं और फिर अभी इसकी स्ट्रिप इस में ना एक रजिस्टर होता है ब्लैक कलर का उसको रिमूव करना है और तो रजिस्टर भी मैं अभी शो कर देता हूँ उसको आयरन से रिमूव कर देते हैं तो रजिस्टर बाहर आ चुका है ये देखिए रजिस्टर है ब्लैक कलर का रहता है अब इसकी जगह हम इसको शोल्डर वायर से शॉर्ट कर देते हैं शॉर्ट अभी वापस से उसको फिटिंग करते हैं अभी ऑन करते हैं अभी देखो ना तो चार्जर लगाया है ना ही कुछ और फ़ोन ऑन हो जाएगा ये सिर्फ़ एम आई नोट 7 प्रो नहीं एम आई वीवो ओपो जितने भी फ़ोन होते हैं हैंग उन लोगों या फिर चार्जिंग लगाने पर फ़ोन ऑन होता है और चार्जिंग निकालने पर फ़ोन बंद हो जाता है उन सबका इस एक यही मेथड है इसी मेथड से आप अपना फ़ोन रिपेयर कर सकते हो अभी देखिए फ़ोन बंद नहीं होएगा ब्राइटनेस फुल कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू